नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को लेकर कहा कि कमलनाथ सपने दिखाने का काम करते हैं कमलनाथ सपनों के सौदागर हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस और कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि इस समय कांग्रेस में हताशा और निराशा का वातावरण है कमलनाथ कांग्रेसियों को सपने दिखाने का काम करते हैं कमलनाथ सपनों के सौदागर है और कांग्रेस में सभी दिन में सपने देखते हैं कांग्रेस में जिस तरह का निराशा और हताशा का वातावरण है और कांग्रेस इस बात का प्रयास करती है कि कांग्रेस में निराशा हताशा दूर हो तो इस तरह के सपने दिखाने का काम कमलनाथ जी करते हैं वैसे भी कांग्रेस ये हो ये सपनों के सौदागर हैं दिन में सपने देखते हैं और सपने देखने में कोई बुराई भी नहीं है सपने देखना है तो देखें इसमें क्या दिक्कत है वो खबरें जो आपके काम की हैं वो खबरें